शुक्र जिसे अंग्रेजी में बीनस यानी सुंदरता की देवी कहा जाता है जिसे ज्योतिष में स्त्री ग्रह भी माना जाता है जो वृषभ व तुला राशियों के स्वामी हैं जिन्हें दैत्य गुरु की भी संज्ञा प्रदान की जाती है जो जातक की कुंडली में विवाह से लेकर के संतान तक के योग मनाते हैं लाभ का कारक ग्रह ऐश्वर्य का कारक ग्रह विलासिता का कारक ग्रह भोग का कारक ग्रह शुक्र को ही माना जाता है कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि भी शुक्र के शुभ प्रभाव से ही आती है शुक्र जातक में कला के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं कलात्मक क्षेत्रों का विकास शुक्र के कारण होता है जिनके ऊपर शुक्र का प्रभुत्व होता है तो ऐसा जातक जो रहता है अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहता है शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं वहीं कन्या राशि में इन्हें नीच का माना जाता है दर्शकों शुक्र देव का जो गोचर हो रहा है इस बार कन्या राशि में हो रहा है सिंह राशि में अभी हैं इसके बाद ये कन्या राशि में जा रहे हैं और कन्या राशि में 27 अंश पर शुक्र नीच के होते हैं तो 9 सितंबर को चूंकि ये जो है संक्रमण काल हो रहा है नौ सितम्बर को शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं रात एक बजकर मिनट में आ जाएंगे कन्या राशि में और चार अक्टूबर को सुबह पाँच बजकर तेरह मिनट तक की इसी राशि में रहेंगे तो शुक्र के कन्या राशि में होने वाले इस गोचर का असर सभी राशियों पर कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये असर कैसा रहेगा क्या क्या चीजें घटित होंगी उनके साथ उस पर एक हम दृष्टि डाल लेते हैं तो मेष राशि के जो जातक रहेंगे तो देखिए मेष राशि के जात को आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र जो है ये छठे भाव में गोचर करेगा शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे व सातवें घर के मालिक हैं जो आपकी पत्रिका में प्रबल मार्केश हैं इस समय ये मतलब जो है ये जान जाइए कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होगी इस गोचर से आपके शत्रुओं का कहीं ना कहीं नास होगा लेकिन आपके स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी को अगर आप झेल रहे हैं तो उनसे कुछ हद तक की आपको निजात मिलेगी लेकिन आपको यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने मित्रों के साथ किसी तरीके के जो है बात विवाद का सामना करना पड़ सकता है शुक्र के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और अशुभ फलों के प्रभाव से बचने के लिए कोशिश कीजिएगा कि एक चांदी की ठोस गोली अपने पास सदैव रखिएगा और शुक्र के मंत्रों का जाप करिएगा जिससे आप शुक्र के अशुभ जो है प्रभाव से बच सकते हैं वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का ये गोचर तो आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र जो है ये पांचवें भाव में गोचर करेंगे और पाँचवा भाव जो होता है ये संतान का विद्या का विवेक का व रोमांस से जुड़ा हुआ होता है चूँकि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र जो है शुभ और अकारक हैं इसलिए आपकी संतान को किसी तरीके की परेशानियों का देखिए सामना करना पड़ सकता है चूंकि शुक्र यहाँ पर नीच के हो गए हैं वहीं वैवाहिक संबंधों में रोमांस थोड़ा सा बढ़ेगा लव मेट के साथ आपके रिश्ते प्रगार होंगे लेकिन आप लोगों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उभर के सामने आएंगे वही इस गोचर से आपकी विवेक शक्ति में वृद्धि होगी शुक्र के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति और अशुभ फलों के प्रभाव से बचने के लिए गाय की आप लोग नित्य सेवा करिए कोशिश कीजिए कि गाय को रोटी में बताशे मिला करके या सफ़ेद मिठाई कुछ मिला करके आप लोग जरूर खिलाइए तो इसका आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे मिथुन राशि के जात शुक्र का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा तो आपकी जन्म पत्रिका में चूंकि शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे चौथे भाव को शुभ का भाव भी कहा जाता है लिहाजा इस गोचर से भूमि जमीन जायदाद या वाहन वृद्धि के योग बन रहे हैं लेकिन किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कोई प्रॉपर्टी यदि खरीदने जा रहे हैं तो उसकी उसके पेपर बहुत अच्छे से चेक करके तब खरीदिएगा अन्यथा आप फंस सकते हैं वहीं कोई नया वाहन इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं इस दौरान आपकी माता की सेहत भी अच्छी रहेगी शुक्र के इस गोचर में शुभ फलों की आपको जो है प्राप्ति व जो है शुभ फलों के प्रभाव से बचने के लिए कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार के नशे से आपको दूर रहना है एल्कोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करनी है टुबैको से दूर रहना है तो आपको जरूर अच्छे फल प्राप्त होंगे दूसरा आप कार्य यह करिएगा स्नान करने जब जाइएगा तो जल में एक चुटकी चंदन पाउडर डाल के स्नान करिएगा कर्क राशि के जात शुक्र का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा तो आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेगा ये भाव भाई बहनों के साथ जो है रिश्तों का होता है आपके पराक्रम का होता है तो काफी कुछ इसके बारे में बताता है लिहाजा शुक्र के इस गोचर से आपके मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आएगी शुक्र चूंकि यहाँ पर नीच के रहेंगे आपको संभल रहने की जरूरत रहेगी साथ ही भाई बहनों के साथ रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है आपकी बात हो सकता है कि आपकी भाई बहन ना माने परेशानियाँ आपकी कुछ बढ़ाते हुए नजर आएंगे किसी भी तरीके से विवाद से पर आपको बचना चाहिए आप इस दौरान अपने पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी मह, महसूस करेंगे अपने पराक्रम को नहीं दिखा पाएंगे। तो शुभ फलों की प्राप्ति सबसे पहले तो घर में माता का और पत्नी का सम्मान करिए अपने बहनों का सम्मान करिए उन्हें भूलवश भी अपमानित मत करिए स्त्रियों का आदर ही इस मुसीबत से आपको जो है बाहर ले जाएगा लगभग चौबीस पच्चीस दिन का जो ट्रांजिट पीरियड रहेगा तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना रहेगा दूसरा एक प्रयोग ये आप करिएगा कि शिवलिंग पर शुक्रवार वाले दिन ओम नमः शिवाय मंत्र से शुक्र का अभिषेक जो है शंकर जी का अभिषेक करेंगे तो शुक्र का प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलेगा वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर तो आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र चूंकि द्वितीय भाव में गोचर करेगा दूसरा घर आपके जो है क्या कहते हैं कुटुम्ब का होता है स्वभाव का होता है आपकी वाड़ी का होता है आपके परिवार का होता है वह आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी काफ़ी कुछ बयान करता है फिक्स धन भी इस हाउस से देखा जाता है तो शुक्र के इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति कुछ डगमगाएगी नीचस्थ शुक्र आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे उतना अच्छा फल नहीं देंगे इसके साथ ही आप अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन महसूस करेंगे आप खुद में ऊर्जा की कमी महसूस करते हुए नजर आएंगे परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहेंगे लिहाजा बेवजह के विवादों से आपको दूर रहना रहेगा शुक्र के इस गोचर में शुभ फलों की प्राप्ति व अशुभ फलों के प्रभाव से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा किलो या एक किलो या 200 ग्राम जो भी हो गाय का देसी घी शुक्रवार वाले दिन धर्म स्थान पर या मंदिर पर आप लोग दान जरूर करिए वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा तो शुक्र आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं और नीच के हो, होते हैं आपको पता होगा जो आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में शुभ व प्रबल मार्केश हैं लिहाजा इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में कुछ बढ़ोतरी तो होगी लेकिन शत्रु पक्ष आपके हावी रहेंगे हर कोई आपकी तरफ अनायास ही आकर्षित होगा आपके ऊपर शुक्र का ज्यादा प्रभाव रहेगा इसलिए आप अपने लिए सौंदर्य प्रसाधनों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए इस दौरान नजर आएंगे दूसरों से ज़्यादा आप अपनी ओर ज्यादा ध्यान देंगे अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देंगे शुक्र के इस गोचर में आपको जो है तमाम चीजें देखने को मिलेंगी कोई नए प्रेम संबंध स्थापित होते हुए भी नजर आएंगे वहीं कोई पार्टनरशिप में यदि करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर आप दही अर्पित करिए और नहाने के पानी में एक चम्मच दाल करके आपको जो है स्नान करना रहेगा जिससे शुक्र के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे तुला राशि के जात को कैसा रहेगा शुक्र शुक्र देव का ये गोचर? तो आपके जन्म पत्रिका के ट्वेल्थ हाउस में गोचर करेंगे जी हां और यह जो भाव रहता है यह रहता है खर्चों का धन के व्यय के बारे में देखा जाता है विदेशों के बारे में देखा जाता है विदेश यात्राओं के बारे में देखा जाता है और अकल्ट की फील्ड की ओर अर्थात अध्यात्म की ओर भी देखा जाता है तो शुक्र की इस गोचर से आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी जिसका सीधा असर आपके पॉकेट पर पड़ेगा आपकी जेब पर पड़ेगा वहीं जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे शुक्र के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व अशुभ फलों से बचने के लिए महिलाओं का सम्मान करिए शुक्रवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री और मेहंदी का दान आप लोग जरूर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इत्र का परफ्यूम का जो है अधिक से अधिक आप इस्तेमाल करिए और कोशिश कीजिए कि महिलाओं से प्रेम पूर्वक बात करिए उनका अनादर मत करिए वृश्चिक राशि के जातकों शुक्र का गोचर कन्या राशि में आपके लिए कैसा रहेगा तो शुक्र चूंकि शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं और ये जो इस, स्थान होता है ये आपके इनकम का होता है आय का होता है तो व्यक्ति की आमदनी व उसकी इच्छाओं के बारे में काफ़ी कुछ एकादश भाव बताता है शुक्र के इस गोचर से आपको धन संबंधी परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ सकता है सरकारी क्षेत्र में तो हो सकता है कि आपकी सैलरी वगैरह जो है रुक जाए रोक दी जाए उच्चाधिकारियों द्वारा आपकी इनकम में कुछ कमी आएगी तो साथ ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है शुक्र के इस गोचर से आपको अंत में शुभ फलों की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई पड़ेगी वहीं शुभ फलों की प्राप्ति और अशुभ जो है फलों के प्रभाव से बचने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जो है स्नान करने के जल में एक चम्मच दही डालकर के स्नान करिए और शुक्र के वैदिक मंत्रों का एक माला जब करके आप घर से निकलिए खुशबूदार चीज़ें परफ्यूम वगैरह आप लोग ज़्यादा प्रयोग करिए और अपने सामान इधर उधर मत फेंकीिए उनको तहा करके बढ़िया उनके स्थान पर रखिए तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा आपके जीवन के लक्ष्यों के बारे में जानकारी देता है शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अकारक है दर्शकों लिहाजा आपके करियर में थोड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ आपका बात विवाद हो सकता है आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है साथ में काम करने वाले लोग आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन वगैरह भी लगा सकते हैं हालांकि आप उन चुनौतियों पर पार पा लेंगे लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करनी पड़ेगी इसके साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है पिता के हेल्थ को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे शुक्र के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति व अशुभ फलों के प्रभाव जो है इससे बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि धर्म स्थान के धर्म स्थान पर शुक्रवार वाले दिन मिश्री का दान जरूर दीजिए और एक चीज़ बता दें कि आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है शुक्रवार वाले दिन आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा क्योंकि शुक्र आपकी जो है नवे भाव में गोचर करेगा और ये भाव भाग्य से जुड़ा होता है तो शुक्र के इस गोचर से आपके भाग्य में बढ़ोतरी निश्चित है लेकिन कुछ मामलों में आपकी टांग खींची जाएगी आपके कामों में अड़ंगा लगाया जाएगा जिससे आपको जो है थोड़ी सी मेंटल रूप में मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे सामाजिक व्यक्तिगत जीवन सुखमय रहेगा आप अपने जीवन में एक कदम जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा ना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ना बहुत ज्यादा खराब रहेगा धन प्राप्ति के योग भी दिखा रहे हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कोशिश कीजिएगा कि काली या लाल गाय की आप लोग सेवा करिए और शुक्रवार वाले दिन सफेद मिठाई आप लोग गाय को जरूर खिलाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वही शुक्र जो है कवच का आप लोग पाठ करिए इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज एष्टोबिद आशीष पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं और शुक्र देव के मंत्रों का आप लोग जाप जरूर करिए कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा तो शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के आठवें भाव में गोचर करेगा आठवां भाव जो होता है ये आयु का भाव होता है अकल्ट का भाव होता है तो ये भाव आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं और आपकी आयु के बारे में देखिए जानकारी देता है शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है लिया जाए इस गोचर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी गोचर से आपके जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में अच्छे समय का प्रादुर्भाव होगा और जो कुंभ राशि के जातक रहेंगे खास करके जो स्टूडेंट हैं इनको जो है ज्यादा सफलता दिखाता हुआ नजर आ रहा है और आध्यात्मिक ओर आपका झुकाव भी रहेगा किसी अहम परीक्षा में आप सफल भी हो सकते हैं सामाजिक व्यक्तिगत जीवन में आपको इस गोचर से लाभ होगा शुक्र के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति व अशुभ फलों के प्रभाव से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है धर्म स्थान पर सौफ का दान जरूर करिए और एक तांबे का सिक्का आप लोग अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लॉक करके शुक्रवार वाले दिन जल प्रवाह जरूर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा शुक्रवार जरूर करिए तो अंतिम राशि के, के लिए तो देखिए मीन राशि के जातकों सातवे भाव में चुकी गोचर रहेगा और सातवाहिक सुख का देखा जाता है आपके जीवन साथी का देखा जाता है और आपके पार्टनरशिप के बारे में व्यापार के बारे में देखा जाता है चूंकि शुक्र का ये गोचर जो है सप्तम भाव में हो रहा है तो थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है अन्यथा जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है थोड़े से धैर्य और समझदारी से काम करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस मत करिएगा किसी को पैसा हाथ में कैश में मत दीजिएगा अकाउंट टू तो अकाउंट ट्रांजेक्शन करिएगा तो शुक्र के इस गोचर से सुख फलों की प्राप्ति के लिए आपको करना क्या रहेगा तो माता पिता का पैर छू कर के आप आशीर्वाद लीजिए अपनी वाइफ को और बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि सोमवार व वा शुक्रवार वाले दिन दूध का स्थान जो है दूध का दान आप लोग धर्म स्थान पर जरूर करें तो बहुत अच्छा रहेगा और यदि सुहागिन स्त्रियां हैं तो उनको परफ्यूम सुगंधित चीज़ें आपको दान करनी रहेगी डिओड्रेंट कर सकते हैं इत्र कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं तो दर्शकों को बहुत ही कम समय में हमने कोशिश किया हमें से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए बताने के लिए कि शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो पसंद आएगा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए आपके शहरों में हम आते हैं दिल्ली आगमन हो रहा है हमारा चौदह पंद्रह सितंबर को और प, जो है चौबीस पच्चीस को उज्जैन आ रहा है तो जो भी दर्शक आप लोग मध्य प्रदेश से हैं दिल्ली से हैं आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में मना आइकन जरूर दबाइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार